भाई साहब ये सारी बकरियाँ आपके हैं? नहीं इसमें से दो हमारी हैं अच्छा दो कौन कौन सी एक काली वाली एक सफ़ेद वाली अच्छा काली वाल, सफेद वाली सफ़ेद वाली क्या खाती हैं सब कौन सी काली वाली की सफ़ेद वाली? काली वाली को बता दीजिए घास खाती है और सफ़ेद वाली क्या खाती है वो भी घास ही खाती है कहाँ रखते हैं इन लोगों को काली वाले की सफ़ेद वाली अरे भाई सफ़ेद वाली बता दीजिए उधर बाहर मड़ई है, है उसी में रखते हैं और काली वाली को कहाँ रखते हैं उसी मड़ई में रखते हैं अच्छा इनको नहालाते हैं किससे नहालाते हैं कौन से काले वाली को या सफ़ेद वाले को काली वाली को बता दीजिए पानी से और सफ़ेद वाली को किससे नहलाते हैं उसको भी पानी से नहालाते हैं अरे का जब दोनों को एक एक करता है जब काली वाली सफेद वाली काली वाली सफेद वाली क्यों कर रखा है दोनों एक ही साथ सब कुछ करता है तो जानते हैं काली वाली हमारी है आ, सफेद वाली वो भी हमारी है